100 प्लेसेस विजिट किया आज हम लोग जा रहे हैं आसाम के नागाओ में ब्रह्मपुर से अठारह किलोमीटर दूर हिल्स जहाँ मैं पहुंचने के बाद आप लोग भी मेरी बोले इस स्टेट के बीच में से जाना एक अलग ही मजा है जाने के बाद आखिर हम लोग पहुंच ही गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा है लेकिन अभी जाना पड़ेगा तो फिर मिलेंगे एक नए सफर में एक नई दास्तान और एक नई जगह के साथ तब तक के लिए बाय